एक एक बार बार मैं मैं मैं इसको फिर समझाता करते हैं ठीक है? ये लो कुछ नहीं से तो तो हैं वो अपने आप में एक नहीं कई काम करता है बिफोर सबसे पहले काम करता है टाइम कंजेंशन का